गाइस ये वाला बहुत डेंजर है क्योंकि मैं मैं कभी नहीं चाहता था इतना डेंजर में जाऊं बोल के क्यूँकी अभी पहली बार जा रहा हूं मैं देखो मेरे साथ एक और लड़का है बहुत डेंजर है भाई मैं बाद में वीडियो स्ट्रीम करूंगा क्योंकि बहुत डेंजर है भाई माफ कर चाहता तो कि खसरो पथर के से देख डेंजर पत्थर, पत्थर, पत्थर, पत्थर पथर धर ये है है का के के ने गाइस बहुत बहुत मुश्किल पार पारवाग हाथ को देखो हाथी रूप ले नीचे जाने में बहुत तक्री है पहले से तो हम आगे ना बहुत मुश्किल है तो हम नीचे से जाएंगे मैं जितना जो चाहता था ना उतना कुछ नहीं होगा क्योंकि